that is not थैंक यू और आपकी उम्र बताओ पहले तो उम्र क्या है आपकी तेरह साल तेरह साल क्यों आप